अब उनको थोड़ा डैमेज मिला है यहाँ पर पर किसने मारा है अभी तक अपुन को पता नहीं चल रहा ऊपर से अपुन लड़के का कैरेक्टर लेके भाग रहा है पीछे से और एक लड़की आ गई है पता नहीं इसके हाथ में पिस्तौल है शायद और पिस्तौल से अपुन को मारने की कोशिश कर रहे हैं पर ऐसा होने वाला नहीं है इसकी तो खोफड़ी फोटूंगा मैं अरे मरजा मर जा लग गए हेड पे लगा और इसका टकला फूट गया पूरा मार दूंगा आप करिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई लोग जल्दी से